फरमाते हैं जब हम खुदा के करीबा की पहचान मिली तो फिर हम अल्लाह तला से कहने लगे दरबर दिगार तू मेरा हो जा ए, मेरे रब तू मेरा हो जा फिर मेरे साथ जो तू चाहे वो कर मेरे साथ जो तू चाहे वो कर लेकिन तू मेरा हो जा सोचने वाली बात है ये वाक्या वाय नसीहत का एक लज्जत के लिए नहीं है ये गौर फिक्र के लिए तो मेरे दोस्त वो जो बायजीत कह रहे हैं दो जो तू चाहे वो मेरे साथ कर लेकिन तू मेरा हो जा वो अरबी में कहते हैं मलाहुल मोला कुल जिसका रब उसका सब